जा, महफिल में चल रही थी मुझे मारने की तैयारी मेरे आते ही सब बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी